गोद उठाता है ना है तो कमर में बैठाएगा जब हमको पापा गोद लेगा ना हुँ. कांधा पा बैठाता है का है रिपोर्टर ऐसा मालूम नहीं हमको मालूम है रिपोर्टर माँ जी अपने बच्चों गोद उठाती है ना तो वो कमर पे बैठा